अरे भाई अब बनाएंगे आनकर ओह ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे कि ये लोग ऐसे कैसे बनाते हैं ये लोग अच्छा इसे बॉयल कर दिया सॉसेज अनियन गार्लिक चिली अनियन फ्लावर ये क्या है ये चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई सरके का पता नहीं कुछ है मीट। तो मीट अब ये बनाएंगे बर्गर बर्गर एले भाई